मैं आप लोगों को कि मक्खी क्यों पैदा की गई। इसका बेहतरीन जवाब है पूरी कहानी सुनिए। खिरसान का एक था। था। वो शिकार खेल कर वापस आने के बाद तख्त पर बैठा हुआ था। थकावट होने की वजह से उसकी बोझल हो रही थी बादशाह के पास एक गुलाम भी था जो हाथ बांधे हुए वहीं पास में बड़ी तमीज के साथ खड़ा हुआ था बादशाह को सख्त नींद आती होती है मगर जब भी उसकी आंखें बंद होती हैं, तो एक मक्खी आकर उसकी नाक पर बैठ जाती है और नींद और बेखयाली की वजह से बादशाह गुस्से से मक्खी को मारने की कोशिश करता लेकिन उसका हाथ बार बार बदकिस्मती से अपने ही चेहरे पर पड़ता और वो हड़बड़ाकर जाग जाता उसकी आंखें खुल जाती जब दो तीन दफा ऐसा हुआ तो बादशाह ने गुलाम से पूछा तुम्हें पता है कि अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा किया इसकी पैदाइश में अल्लाह की क्या हिम्मत छिपी हुई है गुलाम ने जब बादशाह के ये सवाल सुना तो ऐसा जवाब दिया जो गोल्डन वर्ड से लिखने के, के काबिल है बेहतरीन जवाब जवाब दिया। ने दिया। ने ने बादशाह सलामत। अल्लाह को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि बादशाह और सुल्तानों को ये एहसास होता रहे कि वे खुद को कहीं खुदा न समझ बैठे क्योंकि वो खुद से एक मक्खी को काबू नहीं कर सकते तो बहुत ही प्यारा जवाब दिया